रावण को मारने के लिए समंदर पार करना पड़ता है और उसी रावण को मारने के लिए बड़ा जिगर भी हो, हो, हो, होना चाहिए